हेलो गाइज वेलकम बैक इन अन्नादा न्यू वीडियो तो गाइज आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस आज का टॉपिक है हाउ टू गेट YouTube बैकग्राउंड थमनेल इमेजेस मतलब YouTube वीडियोज के लिए बैकग्राउंड थमनेल इमेजेस कैसे डाउन करें वो भी हाई एच और हाई रिजोल्यूशन पे तो गैस इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना वीडियो को स्टार्ट से एंडिंग तक देखना होगा मतलब कि वीडियो का आपको पूरा देखना पड़ेगा उसके बाद आप लोग समझ पाओगे कैसे हाई रिजोल्यूशन पे आपके खुद के YouTube वीडियोस के लिए आप लोग भी कर पाओगे डाउनलोड तो गाइज़ इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दो ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन जा सके तो गाइज़ बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं तो गाइस जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के फर्स्ट में हाउ टू डाउनलोड बेस्ट थंबनेल बैकग्राउंड इमेजेस फॉर यूट्यूब वीडियोस यूट्यूब वीडियोस के लिए बेस्ट थंबनेल इमेजेस डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आज आपको मैं वो सिखाऊंगा तो उसको डाउनलोड करने के लिए सीधे आपको क्रोम ब्राउजर पर जाना है आप गूगल पर भी जा सकते हो किसी पर भी आप लोग जा सकते हो तो कैसे यहाँ पर क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद आपको लिखना है यूट्यूब तो कैसे यहाँ पर यूट्यूब बैकग्राउंड थमनेल बैकग्राउंड लिखना है तो आपको यूट्यूब थमनेल बैकग्राउंड लिख के आपको सर्च कर देना है कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इमेज का ऑप्शन है मैं आपको इमेज में क्लिक कर देना है इमेज में क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर दुनिया भर के जितने भी बैकग्राउंड इमेजेस है सब यहाँ पर आ जाएंगे तो गाइसा आपको जो भी अच्छा लगता है आप लोग वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो तो गैसा आपको एक बात बता देता हूँ उस बात को आप लोगों को ध्यान देना है तो गैस बहुत सारे बंदे क्या करते हैं डायरेक्ट एक वीडियो मतलब इमेज में क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद उसको डायरेक्ट यहां से डाउनलोड कर लेते हैं तो गैस आपको यहां पर यहां पर ऐसा नहीं करना क्योंकि आप लोग यहां से डाउनलोड करेगे तो आपका जो इमेज का जो यहां पर एजीडी मतलब क्वालिटी थोड़ा घटिया होगा मतलब थोड़ा घटिया टाइप का होगा तो गैस आपको क्या कुछ नहीं करना तो आपको जो भी इमेज पसंद आए तो आपको उसको उस इमेज को क्लिक कर देना है तो गैस फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इस इमेज को क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख सो तो इस इमेज का यहाँ पर जो वेबसाइट का नाम है देख सकते हो तो वॉलपेपर केफ तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर विजिट का ऑप्शन है तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप विजिट कर सकते हो तो नीचे भी विजिट का ऑप्शन दे दिया है तो आपको यहाँ पर विजिट कर देना है विजिट कर देने के बाद इस फोटो का जो वेबसाइट वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है स्क्रॉल डाउन करना है नीचे आपको बहुत सारे इमेजेस दिखने को मिल जाएंगे वो भी हाई रिजोल्यूशन में तो कैसे आपको जो भी पसंद आए आप लोग वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो तो गैस यहाँ पर मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ तो ये तो आपको डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना सिर्फ ए, उस इमेज पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर डाउनलोड वॉलपेपर का ऑप्शन आया डाउनलोड वॉलपेपर में आपको क्लिक कर देना है कर देने के बाद यहाँ पर आपका जो इमेज वो डाउनलोड हो जाएगा तो गैस मेरा हो चुका है तो गैस आपको गैलरी में जाकर दिखा देता हूँ कोई वो इमेज कितना एच हुआ तो गैस देख सकते हो तो, इमेज का क्वालिटी एकदम हाई रिजोल्यूशन तो गाइस आप भी इस तरीके से हाई रिजोल्यूशन में यूट्यूब थंबनेल के लिए बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड कर सकते हो तो गाइस वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ताता बाय -ता बाय